सलमान खान की फिल्में हमेशा से ईद का तोहफा बनकर सिनेमा घरों में छा जाती हैं। इस बार भी भाईजान की अपकमिंग फिल्म किसी का भाई किसी की जान ईद पर रिलीज होने वाली है अपनी अदा के जलवे बिखेरे हैं किसी का भाई किसी की जान फिल्म का गाना बिल्ली बिल्ली पहले ही रिलीज हो चुका है जो दर्शकों को खूब भारा है इस गाने की शूटिंग के दौरान राघव जस्सी और शहनाज गिल साथ में मस्ती करते हुए सेट पर नजर आ रहे हैं इस मस्ती के वक्त बैकग्राउंड में बिल्ली बिल्ली प्ले हो रहा है बीटीएस ने शूटिंग के दौरान वीडियो शेयर किया शहनाज गिल का नाम राघव विजुयाल से जोड़ा जा रहा है कई बार इनके अफेयर की खबरें सामने आई हैं। भाईजान ने भी फिल्म का ट्रेलर लॉन्च पर दोनों के रिलेशनशिप में होने का हिंट भी दिया था सलमान ने ट्रेलर लॉन्च पर कहा मैंने सेट पर एक केमिस्ट्री देखी है लेकिन कोई उसको आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहा है भाईजान ने शहनाज की तरफ देखते हुए फिर सिद्धार्थ से पूछा तुम्हे नहीं लगता ऐसा हालाकि राघव और शहनाज ने इस बात आरोप कोई रिएक्शन नहीं दिया वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें